दोस्तों Gmail पे एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फीचर्स आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट इशूज रहते हैं या फिर दोस्तों आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते जहाँ भी आप रहते हो दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरनेट इशू देखने को मिलता है तो इसी सब चीज को देखते हो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जी ने एक फीचर्स को लॉन्च किया है जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप विदाउट इंटरनेट जब तो बिना इंटरनेट के आप जी को एक्सेस कर पाओगे एंड वहाँ पर जो भी मेल्स वगैरह आते हैं उसे आप पढ़ पाओगे एंड साथ ही साथ जो भी वहाँ अटैचमेंट फाइल्स वगैरह आपको भेजा मेल के थ्रू वो भी दोस्तों विदाउट इंटरनेट ही आप डाउनलोड कर पाओगे कि कर कर तो बात करने वाला हूं तो आपको तो ज्यादा कुछ करना ही है एंड तक देखते जाना है एंड अगर आपको भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो आपको बस इस देना है तो दोस्तों चले करते वीडियो कोफर्ड स्टार्ट दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ोन में आप अपने जी में इस फीचर्स को एनेबल कर पाओगे तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है क्रोम को ओपन करना होगा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दोस्तों ये जो जी मेल होते हैं आपके फ़ोन में जो जी मेल होते हैं जिसको आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी फ़िलहाल ये अपडेट नहीं आया है बट आफ्टर टाइम दोस्तों आपके जी मेल भी आपके फ़ोन के जी मेल अपलीकेशन भी ये अपडेट आ जाएगा तो यहाँ से भी आप कुछ दिन बाद दोस्तों उसे यूज़ कर पाओगे इस फीचर्स को तो फिलहाल इस फीचर्स को एनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा एंड सिंपली से सर्च बारिखना है के आपको दोस्तों से सर्च करना है एंड जैसे दोस्तों आप सर्च कर पाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका डेस्कटॉप वर्जन जी मेल पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे राइट के टॉप साइड में दोस्तों आप देख पा रहे यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन देखने को मिला सिंपली से आपको इस पर प्रेस करना है एंड प्रेस करने के बाद जस्ट नीचे ही दोस्तों आपको सी ऑल सेटिंग देखने को मिला तो यहाँ पे आपको प्रेस कर लेना होगा एंड प्रेस करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑफ़लाइन लिखा रहा है तो सिंपली से दोस्तों आपको ऑफलाइन सेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला है इनेबल ऑफलाइन मेल तो सिंपली से इस बॉक्स में आपको टिक कर देना होगा एंड टिक करने के बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ लिखा रहा है तो यहाँ पर ये सब चीज़ मैं आपको बाद में डिटेल्स में बताऊँगा फिलहाल इनेबल करने के लिए आपको नीचे में की ऑफलाइन डाटा ऑन माई कंप्यूटर सिंपली से इस पर आपको यहाँ पर टिक एंड नीचे सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक करके ऑफलाइन कर तो भी आप, आप इसे यूज कर पाओगे अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं भी है फिर भी दोस्तों आप इसे बहुत ही आसानी के साथ यूज कर पाओगे मेल्स वगैरह पढ़ पाओगे तो यहां पर कुछ बातें कर लो दोस्तों जैसे यह अपडेट में तो अगर आप सोचोगे तो आपके फोन में दोस्तों अगर इंटरनेट नहीं है तो विदाउट इंटरनेट भी आप किसी को मेल भेज सकते हो एंड आप रिसीव भी कर सकते हो ऑफलाइन में भी तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों ऑलरेडी से जो आपके फ़ोन में दोस्तों मेल्स हैं तो उसे दोस्तों ऑलरेडी ये सेंड कर लेता है जब आपके फ़ोन में इंटरनेट रहती है तो उस समय इस सारे मेल्स को सेंड कर लेता है एंड जब आप ऑफलाइन रहते हो तो ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलता है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो डाउनलोड कर सकते हो बट अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है एंड एट ए टाइम आप किसी को मैसेज भेजना चाहोगे किसी को मेल भेजना चाहोगे एंड ये तो पॉसिबल नहीं है एंड साथ ही अगर चाहोगे आपको कोई मेल भेजे तो वो रिसीव हो जाए विदाउट इंटरनेट तो ये भी पॉसिबल नहीं है सिंपली से दोस्तों आपके फ़ोन में जो ओल्ड मैसेज जो भी मेल्स रहते हैं अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट रहता है तो उस समय दोस्तों इस फीचर्स को इनेबल कर करते ही वो ओल्ड जितने भी मेल्स रहते हैं उसे सिंक कर लेते हैं एंड जब आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं रहते तो वो सारे मेल्स को आप यहाँ पे पर इजली से पढ़ सकते हो डाउनलोड कर सकते हो बट किसी को आप मेल वगैरह नहीं भेज सकते हो एंड यहाँ पर मैं आपको दोस्तों फिर से वो जो कुछ सेटिंग्स थे वो मैं आपको दिखाता हूँ जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों स्टोरेज लिखा हुआ है एंड स्टोरेज के जस्ट में लिखा हुआ है दोस्तों Uh, using 144 MB of 28 GB available offline mail on your computer. ऑफलाइन मेल ऑन तो सिंपली से इसका मतलब है दोस्तों कि 29 GB तक दोस्तों आप ऑफलाइन में जितना भी दोस्तों मेल्स वगैरह है तो आप उसे इसे स्टोर कर सकते हो एंड ऑफलाइन होने के बाद वो सारा चीज़ आप देख सकते हो तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको टोटल 29 GB बी यहाँ पे आपको दोस्तों स्टोरेज देखने को मिल जाता है एंड सेकेंड दोस्तों यहाँ पे आपको देख पा रहे हो दोस्तोंटिंग्स uh, तो इसका मतलब है, दोस्तों यहाँ से अगर आप डे को सलेक्ट कर लेते हो तो अगर सपोज डेट मैं यहाँ पे लास्ट सेवन डे को सेलेक्ट कर लेता हूं तो लास्ट सेवन डे में दोस्तों मेरे फ़ोन में जितने भी मेल्स आए हैं तो आ, उस सारे मेल्स को दोस्तों यहाँ पे सिंक कर लेगा एंड जब भी दोस्तों मैं ऑफलाइन रहूंगा तो लास्ट सेवन दिन का जो भी मेल्स वगैरह रहेगा वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे देख पाऊंगा तो सिंपली से इसका ही मतलब है एंड नीचे दोस्तों देख सकते हो डाउनलोड अटैचमेंट अगर इस पर आप पिक करके रख दो तो जब दोस्तों आप ऑफलाइन रहते हो तो जो भी सिंक किया हुआ मैसेज अटैचमेंट रहती है वो सारा चीज़ आप डाउनलोड कर पाओगे तो सिम्पली से यही चीज़ है दोस्तों ये गलत फैमिली में आप मत ना कि अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं भी रहेगा फिर भी आप किसी को मेल भेज सकते हो या फिर लाइव अगर आपको कोई मेल भेजे तो उसे दोस्तों आपको रिसीव हो जाएगा वो चीज़ आप पढ़ सकते हो तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों तो आई होप जी का जो फीचर्स था ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा बहुत ही ज्यादा आपको दोस्तों ये पसंद आया होगा एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होगी अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक like कर देना एंड इसी तरह का और भी दोस्तों आप कॉन्टेंट फ्यूचर में भी चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत मिलना एंड आपके मन में कोई चीज सवाल है तो नीचे दोस्तों कॉमेंट बॉक्स खाली है वहां पर जाकर आप अपना सवाल उससे पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली मैं दोस्तों उसका आंसर दूंगा तो दोस्तों तक तो के लिए जय हिंद इस तरह के वीडियो के साथ दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट टाइम